नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का अपने आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन में शिक्षकों को नहीं दी जा रही है छुट्टी अधिकारी अब करा रहे जनसेवा जी हां मित्रों गृह सवकाश चालू हैं लेकिन शिक्षकों को ड्यूटी करना पड़ रहा है इसे शिक्षकों की मजबूरी कहें या अधिकारियों का मनमाना रवैया शासन द्वारा अवकाश दिए जाने के बाद भी शिक्षकों से जनसेवा कराई जा रही है आवाज़ उठाने पर कहीं सजा न भोगना पड़े इस टैल से शिक्षक चुप हैं और मन ही मन सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं आगामी दस मई से शुरू होने वाले जनसेवा अभियान में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षकों में आक्रोश है बता दें मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए 1 मई 2023 से 9 जून 2023 तक ग्रीष्म आपकालीन अवकाश घोषित किया गया है वहीं प्रशासन द्वारा 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है नहीं मिल रहा अर्जित अवकाश का लाभ इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि शासन के नियमानुसार अवकाश के समय में कार्य करने पर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ मिलता है लेकिन जिले के शिक्षा विभाग में शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जाता विदित हो कि कोरोना काल में भी शिक्षकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम किया जबकि इस काम के बदले उन्हें आज तक अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया गया है आरटीआई एक्ट का खुला उल्लंघन है यहाँ पर जी हाँ मित्रो आर एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को सिर्फ निर्वाचन तथा जनगणना के अलावा अन्य किसी गैर शिक्षकी कार्य में नहीं लगाया जा सकता इसके बावजूद अधिकारी जिला खासकर दतिया विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षकों के साथ दोहरा रवैया जिले के समस्त विभागों में सिर्फ पाँच दिन सोमवार से शुक्रवार काम होता है इन पाँच दिनों के अलावा अन्य शासकीय अवकाशों में भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी छुट्टी मनाते हैं जबकि शासकीय अवकाश के दिनों के आयोजनों में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है निकायों की ड्यूटी भुगत रहे शिक्षक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराना है जनसेवा अभियान के दौरान ऐसे पात्र व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित हैं उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी निकायों नगरपालिका, पालिका परिषद तथा ग्राम पंचायत की है बार बार अभियान क्यों चलाया जा रहा है शासन प्रशासन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए किसी न ना किसी नाम से कोई ना कोई अभियान चलाता रहता है इन अभियानों में शासन के अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाए जा चुके हैं अब सवाल यह उठता है, है कि अनेकों बार अभियान चलाए जाने के बाद भी हितग्राही कैसे लाभान्वित होने से छूट रहे हैं इस संबंध में डीपीसी महोदय महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लगाई गई है यह आरटीआई एक्ट में भी आता है कि शिक्षकों से कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाए ड्यूटी के बारे में आपको अधिक जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ही दे पाएंगे यूएन मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय इनका कहना है यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है ऐसे में कलेक्टर द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ कलेक्टर के आदेश से ही मिलेगा। संजय कुमार कलेक्टर महोदय का कहना है, शासन ने शिक्षकों के लिए ग्रीकालीन अवकाश घोषित किया है इस दौरान शिक्षकों को शिक्षण कार्य नहीं करना पड़ते लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ता है तो यही खबर थी जी हाँ मित्रों शिक्षकों के साथ ये निश्चित रूप से उचित नहीं है आशा करता हूँ कि भविष्य में इसका कुछ हल निकले और शिक्षकों से इस तरह की अशैक्षणिक कार्य ना हो तो बेहतर है जिससे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधर सके बहुत बहुत धन्यवाद अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें कमेंट करें अपने आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद